ग्वालियर पुलिस ने तीस हजार के फरार इनामी डकैत राम गुर्जर का अवैध मकान तोड़ दिया है इस मकान को तोड़ने के लिए राम के खौफ के कारण गांव में कोई भी मजदूर सामने नहीं आया और खराब रास्ते की वजह से जेसीबी मौके पर नहीं पहुंच पाई जिसके चलते पुलिस अधिकारियों ने अपने हाथों से डकैत का मकान गिराया चंबल का इलाका जाना ही जाता है डाकुओं के आतंक के लिए यहाँ पर कई एक से बढ़कर एक खुखार डाकू हुए है इतना कुछ बदलने के बाद भी आज भी जनता यहां पर इन डाकुओं के आतंक से उभर नहीं पाई है ग्वालियर पुलिस ने तीस हजार के फरार इनामी डकैत राम साहे गुर्जर का अवैध मकान तोड़ा है आपको बता दें ग्वालियर की जनता इस डकैत के आतंक से परेशान हो गई है और जनता में इसका खौफ इतना है कि इसके मकान को तोड़ने के लिए गाँव का कोई भी मजदूर सामने नहीं आया और खराब रास्ते की वजह से जेसी मौके पर नहीं पहुँच पाई